हेलो स्टूडेंट uh, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग इस क्वेश्चन में हमें मोिकुलर मास जो फॉलोइंग कंपाउंड्स हैं इनका कैलकुलेट करना है पहला एस टू ओ दूसरा है सी तीसरा है सी तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम सी का तो देखते हैं किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पहला है सी सॉरी एस तो लिख लेते हैं मोलेकुलर मास ऑफ एच टू अब यहां ध्यान से देखेंगे H2 है इसका मतलब है कि H H के दो एटम हैं। तो लिख देते ऑक्सीजन के कितने एटम है ऑक्सीजन अकेला है ऑक्सीजन के बाद कोई संख्या नहीं इसका मतलब ऑक्सीजन का एक एटम है अब इनके एटॉमिक मास को पुट कर देते हैं तो इसका एटोमिक मास कहां से निकालेंगे तो अगर आप पेज नंबर टू पे जाएंगे एन सी आई टी के पीछे तो वहाँ पर एक इंडेक्स दे रखा है इंडेक्स सेकंड उसमें से आप सभी वैल्यूज़ को अपटेंड कर सकते हैं तो इसमें हमें जरूरत है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की तो इस टेबल में देखते हैं हाइड्रोजन की वैल्यू है 1.0079 पॉइंट जीरो जीरो अभी आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दिया ना हाँ यहाँ पे ये रहा वन तो ये किसकी वैल्यू है हाइड्रोजन के एटोमिक मास की वैल्यू है ठीक है और इसी तरीके से जब हमें ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी तो यहां ध्यान से देखिए ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है 16.00 तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो हाइड्रोजन की वैल्यू थी 1.0079 प्लस 1 इंटू और ऑक्सीजन की वैल्यू थी 16.00 अब टू से हम इस वैल्यू को इंटू कर देते हैं 1.0079 को और इनटू करने के बाद जब हम अप्रोक्सीमेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.016 पॉइंट यहाँ वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर दिया गया है और वन को 16 से इन करेंगे तो 16 ही आ जाएगा तो सेम वैल्यू आ गई अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो प्लस करेंगे तो 18.016 आ गई अब इस 6 को हटा देते हैं जब सिक्स को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्लस कर देंगे वन कर देंगे अप्रोक्सीमेशन तो आता है ना आपको तो ये हो जाएगा 18.02 और इसकी यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट तो इसकी यूनिट हो जाएगी ए अच्छा जी तो इस तरीके से हम इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं अब हम आपको बताते हैं सेकेंड पार्ट को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सेम मेथड यूज करेंगे लिख देते हैं मोलेकुलर मास ऑफ सी ओ टू पार्ट में क्या निकालना हमें सी तो मोलेकुलर मास ऑफ CO2. तो CO2 का निकालने के लिए ध्यान से देखिए कार्बन कितने? एक कार्बन का एटम एटम एटम है, दो एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितने हैं? हैं। दो के ये क्लास में में भी सीखा पे सिर्फ रिवाइज करवा रहे कार्बन। कार्बन अब कार्बन का एटॉमिक से से रखेंगे? टेबल पुट कर देते सिक्सटीन पॉइंट जीरो कर देते हैं 12.01 और टू को 16 से इंटू करें 16 जाए थर्टी तो ये आ जाएगा 32.00 अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14 सॉरी 44 ये हो जाएगा 44.01 फोर इसकी यूनिट क्या होती है AMU, तो आंसर आ गया 44.01 फोर इसके बाद हम थर्ड निकाल लेते हैं थर्ड क्या है सी तो सी का निकाल लेते हैं मास तो लिख देते है, into four कर देंगे अब वन इंटू सी कर दिया सी का एटोमिक मास कितना है सी का एटोमिक मास वन टेबल में से हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 1.0079 इसकी वैल्यू को कर देते हैं जीरो और इसके कितने आइटम्स है फोरथ फोर से, तो से इंटू कर देंगे तो 1 को 12.01 से इंटू करेंगे तो 12.01 आ जाएगा और 1.0079 को जब हम फोर से इंटू करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारा आएगा 4.032 यहां वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके लिखी गई है अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो प्लस करेंगे ट्वेल्व टू सिक्सटीन पॉइंट जीरो ये मिल टू को निगलेक्ट कर दिया है तो इस तरीके से हम CH4 का भी मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं अगर आपको ये वीडियो से ये पार्ट अच्छी तरह से सोल्व करना समझ में आ गया हो, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को डब्ल्यू